रोजी फ्री फायर खेलते हम लाया करेंगे पर अभी को समय नहीं मिला नहीं पारा आज मेरा क्या करेगा आज भाई हम सीधे वाला मैच नहीं खेलेंगे आज हम खेलेंगे क्लास को एड और मैं जानते हुआ मैंने कभी अब यार दो मिनट रोकने लगा इस मिनट दोबारा फ्री फायर वाला हमें ऐसे भगाते रहता है फिर भी हम खेलते रहते हैं पता क्यूँ पता है सोचो ना यार अरे भाई हमको वीडियो बनानी है वीडियो बनानी है आप लोगों को दिखाना है और हमारा गेम प्ले ब्रश बेस्ट हो जाएगा क्योंकि अगर मैं अपने गेम प्ले को रिकॉर्डेड करता रहूंगा फिर मैं उसे देखूंगा फिर उसे समझूंगा फिर उससे ज्यादा बेहतरीन वाला हंड्रेड परसेंट दूंगा इससे मजा भी आएगा और मेरा गेम प्ले बहुत तगड़ा हो जाएगा like तो इजीलिए मैं ऐसा काम करता हूँ और भाई यूट्यूब पे भाई तो अभी अभी अभी अभी, अभी जल्दी घुसाना ठीक है अभी जैसे हम अंदर हो जाएंगे ना हमको क्लास स्क्वायर वाला मैच खेलना है सो के अंदर आई एम जियो किंग सोलो के अंदर कभी खेल ही नहीं सकते स्क्वायर के अंदर होता भाई स्क्वायर के अंदर अबे यार लोन मैं तो मुझे खेलना भी नहीं तो इतना तो अभी तो मैंने पता क्या करता मेरा फ्री फायर ना तीन का हो गया था वो तीन जीबी का हो गया था ना मेरा तो ऐसा फोन के अंदर ना धमधक होने तो लगा धमधक एकदम फोन का डिब्बा हिला डाला मतलब जो इसका वो प्रोसेसर होता है ना पूरे हिला डाला भाई तीन जीबी का हो गया वो भाई एक जीबी वैसे ले रहा था डाटा वाटा का तो मैंने किया भाई यार ये तो सिंह खराब हो गया और फिर मैंने क्या कर ज कर दिया और आई वाड़ी थोड़ी उड़ा दी जो पुरानी दो तीन पहले की पड़ी वो सब उड़ा दी फ्री से आई डी कर दिया तो भाई तीन जीबी फ्री होने के बाद एकदम चलने लगा और अभी थोड़ा सा डिलीट करा नहीं कराता स्टोरेज ठीक है नोल अब, अब तो लेना है ठीक है दो ऑप्शन नाम से ठीक है उसमें जाने का तुमको फ्री फायर से है फ्री फायर सेलेक्ट करने के बाद इसमें क्लीन स्टोरेज लिख के आ जाएगा तो उसको अगर तुम कर दोगे ना तुम्हारा फ्री फायर डिलीट नहीं होगा बस जो जो उसमें अभी तक इसमें जो चीज़ डाउनलोड हुई है ना जो तो डाटा अभी तक बना है फ्री फायर के अंदर कैच किया है वो सब का सब डिलीट हो जाएगा और तुम्हारा फोन ना एकदम से मस्त चलने लगे मक्खन की तरह बोले तुम मक्खन की तरह मारा। ये तो मेरा भाई। भाई ओ भाई मेरे दो चलो कोई बात नहीं भाई मैं समझ गया मैं के बारे। बता रहा था हो गया गेम बजा बंदा घूम के आएगा क्या मेरे को मारने के लिए okay. यार उसके लगा था वाले के उसने मेरे को डबल वाला हैड दिया भाई डबल वाला पर समझा करो ये को डरना पड़ा पड़ा पड़ा और फिर मैंने अपना जो स्टेप एक कदम आगे लिया था वो से बैक कर, बैक में वो बैक में पड़ा पड़ा आओ पड़ा आओ भाई में में लेना लेना भाई भाई तो यार यार जाओ तुम्हारा कभी पैर रखता ही नहीं है भाई बैकने का मतलब होता है लूजर बनना भाई लूजर और भाई मैं तो कभी ऐसा बन ही नहीं सकता बैठा हूँ भाई इसकी लाद देखो इसके टकले को दी बैठता है पर थे थे थे थे तो भाई ये तो जल्दी बैठे और बंदे ना जाए भाई ठीक है और बंदे ना आ जाए भाई जल्दी जल्दी जल्दी अभी दो बंदे डाउन कर दिया भाई मेरे बंदों ने ओके, दो बंदे शायद ऊपर ही हैं। बंदा पर है। क्या यार थोड़ी सी थी इसकी तो ओके ओके और जो अब तुम तुमसे तो जोड़ा तुमने लेट में अपना दूसरा वाला इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन जो बोलियो के अंदर बोलते हो तुम दूसरा वाला की सब्सक्राइब करना जो चैनल पर नया आया लेट की बोला यार खुद सच में भूल गया था मैं मना कर रहा हूँ मैं बोला नहीं था तो तो तो तो तो तो लेटी भी, में बोलते हैं ना जिसमें बातें भी हो जाएंगी और उसी के साथ ऐसा है ना ये बंदे तो मेरे को ऐसे लग रहा है थोड़ा ठीक ठाक खेल लेते हैं बट सामने वाली टीम कुछ ज्यादा लूजर वाली आ गई है तो इस बारे में ऐसा लग रहा है ये वीडियो मेरे लायक नहीं है क्योंकि ना तो बंदे थोड़े से पिरोतेडगड़ मारते बस एक ही बंदा हुक्म वाला मेरे को नाम है अच्छे नाम है सुंदर नाम है प्यारे नाम है जो लेने लायक नहीं है ठीक है एक का नाम लहड़ी है दूसरे का नाम पैड़ी है ठीक है बंदे के अंदर के बैठ गए इधर ही हमको जाना तो पड़ेगा और उससे पहले गेंकना पड़ेगा ओ भाई ये क्या सीम था भाई भाई, बजा दूंगा दे रहा है क्या उधर से चलते है ना उधर से जाएंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा बंदा मर तो गया भाई। बंदा बंदा, तो तो मर मर मर गया गया, भाई, भाई। भाई कहीं कहीं छुप के बैठ गए हैं वो दो बंदे। पीछे है मेरे बंदा। ओहो उस है उस तरफ अबे, अबे यार, दोनों के दोन दोनों बंदे अबे यार दोनों बंदे रोन नहीं मर गए। तेरे की, पर तो तुम्हारे भाई का नाम जरूर आएगा भाई जरूर तू आएगा मैंने जल्दी जीत गया छह मिनट के अंदर जीत गया भाई वीडियो भी बहुत ठीक कोई बात नहीं दोबारा क्योंकि यार स्टफ स्टफ नहीं नहीं नहीं हो तो नहीं होगा होगा ना तो तो मजा मजा आएगा वापस मैं मर जाऊंगा की बार ठीक है मर जाऊंगा और देखते मेरे नुबड़े पार्टनर क्या जिता सकते हैं जो मेरे टक्कर का दिखाता हूँ अभी दोनों अच्छे अच्छे मौके है भाई मेरे पास पर मैं मारना नहीं चाहता बंदे को मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापिस आए मेरे को मार दिया भाई अब इसको भी फेल दो बस वेरी गुड वेरी गुड कोई बात नहीं भाई अभी पता क्या था मेरा एक राउंड इसलिए जितने दिया बंदू का जो मरा हुआ में वापस आए और जो मेरे बंदू का नहीं है वो डाउन बढ़ में जाए अभी थोड़े से क्या होगा टीम तो नुबड़ी थी पहले से हम तो दो फालतू में डर रहे थे तो अभी डर मैंने भगा दिया अभी मेरे से हंड्रेड परसेंट तरीके से लड़ेंगे अब इस हंड्रेड परसेंट को, को फिर से जीरो लाने के लिए ना मेरे को क्या करना पड़ेगा ग्रोदा लेना पड़ेगा ग्रोध के साथ अपने कुछ सामान लेने जो मेन मेनली होता है ठीक है मेन यूज के लिए होता है और मैं ब्लू बोर्ड मांगूंगा कोई साइ मेरे को मेरे को पता है ठीक है कोई ऐसा इसको मैच एक तो ये मरे हुए राउंड को भी जिताने का देती है तो ये वो वाला सीन हो गया अभी अभी अपना की कोशिश करेंगे जैसे की मेरी देखोइ आया इधर से भाई देखा मैंने बोला नहीं था ये अपना हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश करेंगे और भी भाई इनका कॉन्फिडेंस देख लो अगर ना आपको लगे की लूजर, लूजर है अगर वो दो पहले राउंड हार गए अपना हंड्रेड देने के बाद भी हार गए उनकी इच्छा मर जाती है अगर आप एक राउंड हार जाओगे ना तो वो बनिए ना प्रोस्टार बन जाएंगे भाई देख लो प्रो स्टार बन गए भाई ये लोग अब ये देखो मेरी पता है उसमें तो दिक्कत वाली नहीं बात ही नहीं है भाई मैं जितवा रहा थाउंड इतनी देर से अभी देखो इसके भाई। ओ, ओ, ओ, गंदी को तो देखो भाई पान सा गन लेके भाई चाहता तो ये बंदा कौन कौन सी गन नहीं ले सकता बड़ी तो मार ही नहीं पा रहे अबे एक ही बंदा बचा है भाई ही नहीं पा रहा यार करेगी अबे यार अब यारो आई नहीं बंदा ये बंदे okay. थोड़ी डर गए इससे डर गए भाई लोग कोई बात नहीं गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दादा बाय बाये वीडियो पक्का आएगी चल वो सब तक कर देना ये भाई वीडियो देखना करो यार मैं पूरी मेहनत से डालता हूँ भाई देखा करो ठीक है बाय बाय